इसकी फोटो क्यों लगाई है क्यों लगाई है इसकी फोटो इस माई इंस्पिरेशन इसे इस, इस, इस बहुत कुछ सीखा लाइफ में एक बार तो मिलना है